आप ये तो जरूर जानते होंगे कि मिल्टन के बोतल के अंदर जिस भी पदार्थ को रखा जाता है वह 24 घंटों के लिए उसी अवस्था में रहता है लेकिन क्या है इस बोतल के अंदर की सच्चाई आइए हम आज इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखते हैं। उससे पहले आपको इस वीडियो में थोड़ा भी मजा आए तो प्लीज सब्सक्राइब का जो बटन है उसके ऊपर तो थोड़ा मार दीजिए थोड़ा सा दीजिए सबसे पहले उन्होंने उस बोतल को बीच ऐसी काटना शुरू किया आप देख सकते हैं की बोतल को जब बीच ऐसी काटा गया तो उसके अंदर एक और बोतल देखने को मिला और फिर अंदर के बोतल को जब बाहर निकाला गया और फिर उस बोतल को कटे हुए बोतल में डाल कर देखा गया आप देख सकते हैं कि दोनों बोतल के बीच एक छोटा सा गैप होता है जिससे बाहर के ताप न ही अंदर आ पाते हैं अंदर के ताप न ही बाहर जा पाते हैं, और यही कारण है कि बोतल के अंदर रखा पदार्थ चौबीस घंटे तक उसी अवस्था में रहता है